नमस्कार हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शनिवार को गांव गाँवी में किसानों के लिए अनेक घोषणाएं की और वहां पर उन्होंने कहा कि मैं एक स्वयं किसान का बेटा हूं। पूरा हरियाणा उनके परिवार के समान है पूरे प्रदेश में अंत्योदय की भावना से काम चल रहा है हरियाणा की हरियाणा की धरती किसानों की धरती है किसान जब खुशहाल होता है तो दुकानदार कर्मचारी व्यापारी और कारखाना चलाने वाले लोगों को भी फायदा होता है उन्होंने कहा कि कोरोना काल में प्रदेश सरकार की ओर से किसानों को 16000 करोड़ रुपए दिए गए हैं 2015 में जब बारिश के कारण फसल खराब हुई थी तब किसानों के खाते में डेढ़ माह में खराबे का पैसा डाल दिया गया पूर्व की सरकारों में दो या चार तथा 10 रुपए के चेक भी किसानों को दिए गए उन्होंने प्रदेश में जब से सत्ता संभाली है तब से ये तय किया गया कि पाँच सौ से कम किसी का चेक नहीं बनेगा वही पूर्व की सरकारों में फसल खराबे के लिए मुआवजे के प्रति प्रति एकड़ सत्तावन सौ रुपये दिए जाते थे और बाद में पिछहत्तर सौ रुपये किए गए पर जब से उनकी सरकार बनी है बारह हज़ार रुपये प्रति एकड़ का मुआवजा तय किया गया उन्होंने कहा कि यह मुआवजा खेती करने वाले व्यक्ति को ही किया जाएगा क्योंकि तो कई बार किसान दूसरों की जमीन लेकर के उस पर खेती करते हैं इसलिए ये व्यवस्था की गई है उन्होंने कहा कि इसके लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर फसल की बुआई के पंद्रह दिन के अंदर एक माह के अंदर स्थानीय सी सेंटर पर जाकर के रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और वहाँ पर जाकर के जिस खसरे में नंबर डाला गया है और जमीन वह खेती है वहीं और उसी को चढ़ाना होगा उसके बाद ही वह एलिजिबल हो पाएगा कि किसान इस योजना का हकदार होगा मुख्यमंत्री ने कहा कि गोहाना जुलाना और खरखोदा हल्के में गांव का फसल खराबे को लेकर के हवाई निरीक्षण किया जा चुका है इसके बारे में जल्द ही फैसला लिया जाएगा उन्होंने लोगों से अपील की है कि खेती से मिट्टी न उठाएं प्रदेश सरकार एक ऐसी योजना बना रही है जिसमें प्रदेश की एक लाख एकड़ खेती की जमीन की मरम्मत की जाएगी जहां से मिट्टी उठाई जा रही है वहां उन लोगों को तो जहां पर पानी भराव की समस्या की स्थिति खराब हो रही है वहां पर इस मिट्टी को डाला जाए इस बारे में शीघ्र ही योजना बना करके इसे लागू किया जाएगा इस मौके पर मुख्यमंत्री ने महिलाओं को पचास हजार रुपये शगुन के तौर पर देने की घोषणा भी की कार्यक्रम में किसानों ने मुख्यमंत्री को किसानी का प्रतीक हल और पगड़ी भी भेंट की वहीं महिलाओं ने मुख्यमंत्री को चरखा भेंट किया फल फल चंडीगढ़ से खास रिपोर्ट